लोग आज मैं आपके सामने फिर से आज नई इन्फॉर्मेशन लेकर नए नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब की डिटेल लेकर तो आज हम में बात करेंगे दोस्तों राजस्थान रीट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है जो कि आप सभी तक शेयर करने बहुत जरूरी है आ, क्या है पूरी अपडेट जानने वाले देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को दोबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहते हैं तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ वीडियो बहुत इक्नोलॉजीबल इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्डो बोर्ड तो रीट की तरफ से ये नोटिफिकेशन है रिलीज़ किया गया है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुर जयपुर तो ये फ़ोन नंबर है तो यहाँ से जो नोटिस है वो रिलीज़ कर दिया गया है तो अध्यापक की सीधी भर्ती है दोस्तों रीट की जो वैकेंसीज है उसका नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा रीट की जो परीक्षा है वो आपकी परीक्षा दो में आयोजन होगी 23 से और 24 जुलाई को दो दिन के अंदर आपका जो रीट का एग्ज़ाम है जो भी होने वाला है ठीक है दोस्तों तो रीट पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के द्वितीय चरण अध्यापक लेवल वन और लेवल टू पद पर चयन हेतु सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है जुलाई के अंदर 23 से 24 जुलाई तक आपका जो ये एग्ज़ाम है जो कि होगा और यहाँ पर नोटिस है डिक्लेयर कर दिया गया है आप सभी के लिए बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा माह जनवरी 2023 में आयोजित करवाने जानी संभावित है तो फाइनल आपका सिलेक्शन आपका 2023 में यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर नोटिस दिया गया है ठीक है दोस्तों तो रीट वाले कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट थे वो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ यहाँ पर आया और सभी अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ा दें और मन लगाकर जो अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है वो नेक्स्ट ईयर तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग भी दी जाएगी ठीक है दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाएगा तो आप सभी तैयारी में जुट जाएं और मन लगा अपनी तैयारी करें और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें ठीक है दोस्तों तो नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम है तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहते हैं और लाइक करना ना भूलें दोस्तों आप लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हो तो ये बहुत ही गलत लगता है हमें हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए तो आप हमें सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के लिए और अगर आपके कुछ सुझाव हैं सजेशन हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों